भोपाल में नौचंडी महायज्ञ समाधि साधना श्रीमद देवी भागवत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो कि 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा इस दौरान 30 सितंबर को स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज भूमिगत समाधि साधना में लीन होंगे 30 सितंबर को स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज समाधि लेंगे उन्होंने बताया की समाधि एक साधना है समाधि में जाने के बाद साधन ईश्वर के निकट होता है और जो भी व्यक्ति चाहता है जो उसके मन में होता है वह उसे समाधि ऐसी प्राप्त होती है उन्होंने कहा कि समाधि के बाद जब कोई व्यक्ति वापस आता है तो वह जन कल्याण के विचार लेकर आता है और उसी भावना से कार्य करता है उसके संपर्क में आने वाले हर दुखी व्यक्ति और उनकी समस्या के निदान के लिए हमेशा तत्पर रहता है और उनकी समस्या का हल ईश्वर से करा देता है समाधि एक साधना है समाधि में जाने के बाद साधक ईश्वर के बिल्कुल निकट होता है और जो भी वो चाहता है जो उसके मन में रहता है वो उसकी प्राप्ति उसको समाधि से होती है समाधि के उपरांत जब वह वापस आता है तो जन कल्याण की भावना लेकर आता है और जन कल्याण करने के लिए तत्पर सदैव सजग रहता है जो भी उसके संपर्क में आता है जो भी उसके दुख है या जो भी समस्या है उसके निदान के लिए उस तत्पर रहता है और हर समस्या का निदान उसके माध्यम से ईश्वर से करा देता है ये सिद्धियां होती हैं साधक जो होता है वो पहले से ही सारे मंत्रों को सिद्ध कर लेता है और उसी सिद्धि के माध्यम से वो समाधि लेता है समाधि के उपरांत जब ईश्वर के निकट होता है तो उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचती जीवन में मेरा ये लाभ है कि मुझे उससे संतुष्टि मिलती है लोगों के दुख दूर हो जाए तो मेरी आत्मा प्रसन्न होती है अब रहा सवाल यह कि मुझे क्या मिलेगा तो इससे मिलने उसका ये उत्तर है कि मैं जब लोगों का कल्याण करूंगा, लोगों के दुखों को दूर करूंगा तो मेरा परलोक सुधर जाएगा परलोक सुधरने का अर्थ यह है कि जब मैं मेरा जीवन समाप्त तो होगा तो बार बार मनुष्य ये जीवन अपने यहाँ ये सनातन में ये बताया गया है है। कि कई कई कई बार जन्म जन्म जन्म लेना हैं। जन्म के बाद फिर की मिलती तो मृत्यु से छुटकारा पाने पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए लिए मुक्ति मैं यह सब कर रहा हूँ जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष की प्राप्ति हो स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज ने बताया की यह सिद्धियां होती है साधन से पहले ही मंत्रों को सिद्ध कर लिया जाता है और उसी सिद्धि के माध्यम से वह समाधि लेता है और समाधि के दौरान जब वह ईश्वर के निकट होता है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है स्वामी जी विगत 30 वर्षों से किसी ना किसी माध्यम से लोगों के दुख दूर कर रहे हैं उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा करने से संतुष्टि होती है प्रसन्नता मिलती है